नमस्कार और कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा कांग्रेस पर किसान आंदोलन को लेकर के मुद्दा बनाकर सत्ता हथियाने का आरोप लगाने वाले बयान पर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और पूर, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा कि एक मंत्री को सोच समझ करके बयान देना चाहिए मैं मंत्री जे दलाल के इस बयान की निंदा करता हूँ कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ और जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आवाज़ उठाई है और कभी भी जनता की आवाज़ उठाने के पीछे अपना स्वार्थ नहीं देखा पुलिस कमांडो भर्ती में घोटाले की खबरों पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा में सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही है भ्रष्टाचार में केवल अधिकारी शामिल नहीं हैं बल्कि इससे भी ऊपर तक के लोगों का हाथ माना जा रहा है इनकी नौकरियों में भ्रष्टाचार की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में होनी चाहिए सरकार नौकरी देने की नहीं मंशा से नहीं काम कर रही है बल्कि खुद ही पेपर लीक करवाती है जन जनता पार्टी के हिसार जिला अध्यक्ष पर महिला द्वारा रेप के आरोप लगाने पर तथा समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़िता के साथ है और सरकार से मांग करती है पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए कुलदीप बिश्नोई ने फतेहाबाद के रतिया में पूर्व कांग्रेस नेता एवं पूर्व चेयरमैन बोटा सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे से राजेश भाबू की खास रिपोर्ट को क्या देखिए दे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान अगर किसी मंत्री ने ऐसा बयान दिया है तो मंत्री को सोच सोच सही जवाब देने चाहिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं और जनता की आवाज उठाई है हमें कोई किसी को नजायज इस्तेज के ढाल कर बनाने की इस्तेमाल सबसे पुरानी अब से मजबूत और सबसे भरोसेमंद पार्टी कांग्रेस पार्टी तो दलाल साहब के बयान की मैं निंदा करता हूँ देखिए सरकार अगर हरियाणा के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार कोई है तो ये भाजपा जजपा सरकार है चौधरी तो तो भजनलाल जी भी तेरह साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा सरकार में एच पी समय में उसकी एक पेपर लीक नहीं हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हुए अब गैर संवैधानिक तरीक़ों से अपने चहितों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार कभी पेपर लीक करती है नौकरी नहीं देनी हो तो जानबूझ के भी लीक करवा देती है नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ करती है तो इसकी जांच होनी चाहिए कोई केंद्र को रिटायर्ड जज या मौजूदा जज की जांच करें कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं और किसकी सरप्रस्ती किसकी है एक फैक्ट्री को पकड़ने से कोई मामला जब्त नहीं होने वाला इस रफा दफा वाली बात जब तक ऊपर से आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी इशहार के अंदर जो गुजारा है जे, जे आ, का नेता उसके उत्तर बलात्कार का आरोप लगा लेडीज ने पुलिस वालों ने किसी ने भी उसके मामला दर्ज नहीं किया उसने कोर्ट में जाके अपने अपील के उसके मामला दर्ज किया सरकार अपराधियों को बचाती है और किसी पीड़िता को अगर इस प्रकार से उसके साथ नाजायज हुआ है तो निसंदेह उसको न्याय मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसके साथ